गाइज ये वीडियो है क्रेजी एक्स वाई जेट का इनको यूट्यूब पर कौन नहीं पहचानता यूट्यूब पर 20.1 मिलियन सब्सक्राइब है लेकिन बात इस मुद्दे पर नहीं एक्चुअली इनको ये सब पाना इतना आसान नहीं था इसके पीछे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया उनका रियल नाम मैं बता दूं अमित शर्मा है राजस्थान के अलवर जिले के छोटे से गाँव से बिलोंग करता है उनको बचपन गाँव में ही बीती जब वो टेंथ पास की तो शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाया और वहाँ पर काफ़ी उनको सुविधाएं मिली रहने खाने साथ में इंटरनेट की सुविधाएं काफ़ी तेज़ थी सा, कई सारे स्टूडेंट मूवी पिक्चर देखकर अपने समय बिताते थे लेकिन बचपन से समझ था कि मैं फेरा हुआ गरीब में ये हमारे दोस्त नहीं लेकिन मरना गरीब में ये हमारे दोस्त है तभी उन्होंने ठान लिया कि कुछ करना है तो करना है वीडियो बनाना शुरू किया यू कॉपी किया दूसरे को YouTube पर अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिला वीडियो बनाते गया कुछ पैसे YouTube से अर्न कर लिया लगातार वीडियो बनाते गया व्यू आने लगा और एडसन में एक लाख बीस हज़ार रुपये जमा हो गया तभी YouTube से एक मेल आता है कि आपका चैनल टर्मिनेट हो गया और एडसन का भी जो पैसे उसमें जमा था वो भी चला गया तो बंदा डीमोटिवेट हो गया और दो महीने YouTube को छोड़ दिया लेकिन वो कहते हैं ना सपने वे नहीं होते हैं जो सोचते हैं बल्कि सपने वे होते हैं जो मेहनत करते हैं ठीक उसी प्रकार मेहनत करते गया और एक हैप्पी चैनल बनाया जिसको लोग आज के जी एक्स वाई जेट के नाम से जानते हैं सो गाइज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में बाय